को प्रणाम उपाध्याय आचार्य और सरस्वती जय महावीर स्वामी नाम वर्धमान है नाम तुम्हारा लय तो देखो प्यारा प्यारा सन्ख वीर मोहिस्म ने क्रोध मन और लोभ भगाया माया मोह तुमसे डर खाया तुम सर्वज सर्व का तुमको दुनिया तुझमें नहीं राग और देश। तो हित तेरा नाम सच्चा जिसको जाने बच्चा बच्चा भूत पीत तुमसे देखा राष्ट्र सब भग जावे महा गादी मारे महा विकराले काल काला नाग हो फारी नाहला अब मुद्दा वाला नल झुलक रही हो, तेज हवा से बढ़ रही हो, नाम तुम्हारा सब दिख रहे, आग एकदम फूली होगी। हिंसा लेवा सारा भारत की एक युनानिस्तारा, संधियाँ बल्लू नहीं हो, ये सीटर पैदा सही से तारा, ये तारे तुम्हारे फिसल के आप को फिर आ रही छोड़ी से धंधे संताई, सौम्य कमाल है लंगाई में पंचमकाल वहां राज को दुखने घेरा उसने नाम धुका देखने जयकारा बोला मंत्री ने मंत्री बनवाया राजा ने बेदर लगाया बड़े गर्म ताला बनवाए तुम पर लाने के तुमने थोड़ी रीजो अगाड़ी भैया किसका नहीं अगाड़ी वाले ने जो हाथ लगाया फिर दो रथ चलता है भाया। पहले दिन यह था तो वरीके रत जाता था भी आते ना नहीं आते नाते स्वामी तुमने प्रेमी भाया वाले का तुम मान बढ़ाया हाथ लगे वाला का तभी स्वामी रथ चलता है तभी मेरी है क्योंकि सी नैया तुम बिलको ही नहीं तो भैया मुझ पर स्वामी जरा कृपा कर तो तुम्हारा चाहता तुमसे मैं चाहूँ तेरे दर्शन चालीसी बार पाठा दिन वर्धमान के सामने तो कुबेर समान, जो वर्धमान संतान नामन जगने करे